हर जज्बा तुझे आने लगे सीने में ना मुमकिन है इकबुल तुझ बिन मेरे अब जीने में ना मिला तुझ सा कोई मेरे प्यार को जो अब समझे ले गया आके मुझसे बादल सारे मेरे गम के तेरे लिए हमने इबादत की है तेरे लिए हमने इबादत की है पे मेरे तूने दस्तक दी है पहली पहली बार मोहब्बत की है पहली पहली बार मोहब्बत की है दिल पे मेरे तूने दस्तक दी है की है पहली पहली बार मोहब्बत की है दिल पे मेरे तूने दस्तक दी है इश्कन मेरी ऐसी हालत की है इश्कन मेरी ऐसी हालत की है दिल पे मेरे तूने दस्तक दी है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 आश की तू है मेरी शहजादी तू ही मेरी सादगी तू राहत मेरी दिल की। खूब तेरा आना मेरे हुआ लाजमी सा जितना जरूरी मेरे लिए तू उतना कभी कोई ना था तेरे लिए हमने इबादत की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 तुझे आने लगे सीने में नामकिन है इकबुल तुझ बिन मेरे अब जीने में ना मिला तुझ सा कोई मेरे प्यार को जो अब समझे ले गाया आके मुझसे बादल सारे मेरे गम के तेरे लिए हमने इबादत की है तेरे लिए हमने इबादत की है